नमस्कार धनवान बनना कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता कि वो करोड़पति बने आखिर में करोड़पति बनने के सपने तो सभी देखते हैं लेकिन होता कुछ लोगों का ही पूरा है लेकिन दर्शकों आप लोग चिंतित मत होइए आज हम कुछ ऐसे प्रयोग बताने जा रहे हैं ज्योतिष में जिसको यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो कहते हैं ना श्रद्धा लगते ज्ञानम श्रद्धा से ही हर एक चीज की प्राप्ति होती है फिर चाहे वो ज्ञान हो फिर चाहे वो भक्ति हो फिर चाहे वो लक्ष्मी की प्राप्ति ही क्यों ना हो तो आप लोग श्रद्धा रखिएगा आस्था रखिएगा इन प्रयोगों को करिएगा और ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में एक वर्ष तक का समय दीजिए किसी किसी केसेज में डेढ़ से दो वर्ष का भी समय लग सकता है क्योंकि तुरंत करोड़पति कोई नहीं बनता हाँ प्रयोगों से उपायों से सतत कर्म करने की आपको प्रेरणा मिलेगी और उस कर्म के द्वारा आप फल प्राप्त करेंगे धन प्राप्त करेंगे तो दर्शकों जो प्रयोग बताने जा रहे हैं ध्यान ये रखिएगा कि इस प्रयोग को आप लोग शुक्रवार के दिन ही करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा माँ लक्ष्मी का वार होता है तो आप जितना भी पूजा अर्चन करेंगे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी जो है कुछ हम आपको प्रयोग बताएंगे ये आपको करना रहेगा यकीन मानिएगा दर्शकों कोई हमको अपनी वीडियो की पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि आप एक मिनट में कर ले तो अरबती खरापति बन जाए केवल टाइम की बर्बादी है आप अपना यदि बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इस समय का सदुपयोग आपके साथ हो तो कुछ आप लोग जो है पेन वगैरह लेकर के बैठे रहिए और ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए तो यदि आपको जल्द से जल्द पैसे अच्छे गेन करने हैं तो करना क्या चाहिए देखिए शुक्रवार वाले दिन सबसे पहले तो दक्षिणावर्ती शंख लीजिएगा और दक्षिणावर्ती शंख में आपको दूध और केसर डाल करके भगवान विष्णु का अभिषेक करना है और मां लक्ष्मी का आपको अभिषेक करना है इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी तो ये प्रयोग आपको पहले नंबर पर करना रहेगा यदि आप हर शुक्रवार ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा दर्शकों दक्षिणावर्ती मतलब मतलब है, मतलब है मतलब तो चांदी का एक सिक्का उसमें रखिएगा थोड़े से केसर रखियेगा और उसको लाल कपड़े में बांध कर अपने धन रखने के स्थान पर या जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं शुक्रवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित यदि करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर व आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी एक और प्रयोग बताने जा रहे हैं दो प्रयोग हो गए तीसरा प्रयोग आप लोग नोट कर लीजिए शुक्रवार के दिन आपको करना क्या रहेगा पीले कपड़े में पांच पीली कौड़ी कौड़ी जानते होंगे पंसारी या पूजा पाठ वाली जो दुकान होती होगी वहां पर आपको यह आसानी से उपलब्ध हो जाएगी तो शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में पांच पीली कौड़ी कोई सी केसर आपको डालना है एक चांदी का सिक्का डालना है और एक मोती रखना है और रखने से पहले उस, पर इत्र लगा उस कपड़े पर इत्र लगा दीजिएगा ये प्रयोग आपको करना है इसको अपनी तिजोरी में यदि आप स्थापित करते हैं तो कुछ ही दिन बाद धन का जो आगमन होता है ये शुरू हो जाता है जो कर्जे आपके होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं कई लोग पूछते हैं पंडित जी कर्जे बहुत चढ़ गए हैं इसके लिए कोई प्रयोग बताएं तो आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं एक बात और बता दे दर्शकों शुक्रवार के दिन शाम के समय घर की महिलाएं ईशान कोण में या उत्तर पूर्वी कोना आप लोग जानते होंगे इसी को ईशान जो है कोण कहते हैं या अपने पूजा स्थान पर गाय से, से बना हुआ यदि दीपक जलाते हैं और उसमें आपको रुई का प्रयोग नहीं करना है कलावा जानते होंगे जो हाथ में बांधा जाता है इस कलावे का आपको प्रयोग करना रहेगा तो रुई की बत्ती के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का आपको प्रयोग करना रहेगा और थोड़ा सा दीपक में केसर भी डाल देंगे तो इसका प्रभाव तुरंत ही आपको दिखने लगेगा विदिन दो से तीन महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों की शुक्रवार के दिन किसी गरीब को यदि आप कुछ मीठा देते हैं वो भी जैसे खोए से बनी हुई बर्फी हो गई दूध से बनी हुई बर्फी हो गई या किसी को को देते देते हैं हैं या या किसी दे, या किसी गरीब को देते हैं गाय को देते हैं तो ये सौभाग्य का बहुत ज्यादा सूचक है आप लोग नियम बना लीजिए हर शुक्रवार को गाय को या किसी विकलांग को सौ का आप लोग मीठा खिला देंगे तो कुछ होगा नहीं देखिए तो इस उपाय को करने से भी जल्दी ही आप लोग माना माल हो जाएंगे एक और प्रयोग आपको बता रहे हैं। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा दर्शकों देखिए आप लोग कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बता रहे हैं तो एक लाइक तो हमारा इसपे बनता है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए तो एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों देखिये इलेक्शन दो तो की जो हमने प्रडिक्शन की थी बिल्कुल सही साबित हुई और जिन मीडिया का थी सभी लोग सम्मान जीते हैं नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट हमारी प्रडिक्शन बिल्कुल सत्य साबित हुई है तो दर्शकों जिस प्रकार से प्रडिक्शन करते हैं बताते हैं उसी प्रकार से प्रयोग बता रही है कि आप करेंगे तो ये चीज होगा अकाट सत्य है आप लोग हम अपनी पूजा पाठ नहीं देख सकते हैं की ज्योतिषी दावा कर रहे हैं की दो हजार चौदह में पी एम मोदी की अगुवाई में दो सौ बयासी सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार साढ़े तीन सौ के आस पास पहुँच सकती है और एन डी ए चार सौ के पास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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक है आप लोग जा करके से देखे जाते हैं, हैं। पंडित जी की भरोजगारी बहुत, बहुत ज्यादा सटीक सकते हुई है चलिए एक प्रयोग और बता देते हैं आपको तो करना क्या है शुक्रवार को आपको करना है तीन कु कन्याओं को घर पर बुलाइए और खीर मनवाइये और खीर में जब आप जो है उनको देंगे खाने को तो थोड़ा सा केसर छिड़क दीजिएगा और जाते समय उनको कुछ दक्षिणा देना है दक्षिणा मतलब होता है पैसा तो कुछ पैसे दे करके और पीला वस्त्र दे करके विदा करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा यकीन मानिए दर्शकों आपके ऊपर बनी रहेगी कोई बीमारी का लाल रोक नहीं सकता है धन आने से एक अंतिम प्रयोग बता रहे हैं दर्शकों भी बहुत अच्छे प्रयोग है अच्छा ये जो प्रयोग हम बताते हैं ये पहले नोट करते हैं दूसरों के ऊपर प्रयोग में करवाते हैं अपने ऊपर प्रयोग करते हैं उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं और ये प्रयोग आपने अभी सुने भी नहीं होंगे शुक्रवार को श्रीयंत्र आपको लाना है जी हाँ श्रीयंत्र जानते होंगे और ये जो श्रीयंत्र होगा ये इस का श्री यंत्र होगा तो शुक्रवार को श्री यंत्र लाना है और गाय के दूध से से इस पर अभिषेक करना है केसर डाल करके और ये जो दूध रहेगा इसका जो रहेगा आम के पत्ते से अपने घर में हर एक कमरे में हर एक कोने में आपको करना रहेगा इसके पश्चात इस श्री यंत्र को कमल घट्टे के साथ अपने तिजोरी में यदि रख देते हैं तो जल्दी ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी और धन आना जो है मतलब आता रहेगा कभी भी पूजा करिए तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की युगल रूप में पूजा करिए तो भी मां लक्ष्मी की कृपा बहुत ही अच्छा जो है आपको, आपको रिजल्ट मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी तो दर्शकों ये तो थे हमारे कुछ प्रयोग अब दर्शकों आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा जाते जाते घर की महिलाओं को एक छोटा सा टिप्स देते जा रहे हैं पसंद आएगा तो प्रतिदिन करिएगा प्रातः काल जब आप जल्दी उठती हैं तो कोशिश कीजिएगा कि घर के मुख्य द्वार पर एक बाल्टी आप पानी यादव तो द्वार पर देखिए और उसके बाद इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएंगे पंडित जी हमें अच्छा लाभ हुआ दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को बगल में बना बेलाइकन दबाइए और मिलते हैं अपने नमस्कार जय महालक्ष्मी